तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम में चीटिंग्स के लिए पांच अमेजिंग गैजेट्स के बारे में जिनको सुनने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इसमें किसी भी को और करने की कोशिश ना करें नंबर फाइव रोलिंग पेपर पेन सुस तो स्क्रीन पर देखने वाला गैजेट आपको जोर से कोई नॉर्मल सा पे लग रहा होगा ऐसी गलती भूल भी मत करना क्यूँकी ये पेन आपके एग्जाम को चुटकियों में पास करवा सकता है दरअसल ये एक रोलिंग पेपर पेन है जिसमे आपको एक हिडन पेपर रोल देखने को मिल जाएगा क्या सर क्या बात है इस पर आप अपने इंपोर्टेंट नोट्स को लिखकर चीटिंग कर सकते हैं ये पेन बाहर से दिखने में एक सिंपल सा पेन लगता है कोई भी देखकर नहीं कह सकता कि इसके अंदर कोई भी पेपर छुपा हुआ है नंबर साइंटिफिक चीटिंग कैलकुलेटर। अब जरा इस कैलकुलेटर को देखिए अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ की आप इसे देखकर धोखा खा गए होंगे बिल्कुल इसी तरह आपके टीचर भी धोखा खा जाएंगे जब आप इसे एग्जाम में लेकर जाओगे तो गायस आप इस कैलकुलेटर के रास्ते पर्द उठाते हैं दरअसल गायस एक कैलकुलेटर दिखने में भले ही सिंपल हो लेकिन आप इसके अंदर इंपोर्टेंट नोट लिख चीटिंग करने के लिए लेकर जा सकते हो अब आप सोचेंगे कि कि गलती से टीचर ने पकड़ लिया तो तो आप पकड़े जाएंगे। तो गैस बता दें इसमें होंगे साधारण रिंग तो नहीं है बल्कि एक स्मार्ट रिंग है इस रिंग जरिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं और एग्जाम में इस रिंग के जरिए आप किसी से भी क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं और गैस इस रिंग में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे होंगे कि में का क्या काम? लगता है हम कोई गलत प्रोडक्ट ले आए हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो माफ करना आप पूरी तरह ऐसी गलत सोच रहे हैं क्यूँकी ये कोई साधारण कार्ड नहीं है बल्कि स्पाइस कार्ड है इसके साथ आपको एक छोटा सा ईयर पीस मिल जाता है जिसे अपने कान में सेट कर आप एग्जाम में आसानी ऐसी चीटिंग कर सकते हैं दरअसल गाइस ये कार्ड इसलिए बनाया गया था जिससे आप इजीली किसी से भी बात कर सकें। पर, आपके समय में ये कार्ड एग्जाम में चीटिंग के लिए काम आ रहा है one, में से एक हैं। ये देखने में आपको एक बिल्कुल नॉर्मल ग्लासेस। की तरह ही दिखाई देते होंगे आपको जानकर हैरानी होगी की इसमें डिजिटल स्क्रीन माइक्रोफोन माइक्रोस्पीकर साथ ही ब्लूटूथ इत्यादि के फीचर्स आपको देखने में मिल जाते हैं आपके एग्जाम में सन ग्लासेस अलो है तो ये गैजेट एग्जाम में बले बले करवा सकता है। so इनमें से से आपको कौन सा गैजेट पसंद आया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और गायस ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट परपज के लिए बनाई गई थी इसलिए गाइस इसमें दिखाई किसी भी गैजेट को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ऐसी कर दीजिएगा so अगली वीडियो में तो